का स्वागत भगवदी क्लास में हम मेंचरण करते हैं नमः श्री राधस चक्षुरा मिलताले स्वयंधाम पदा वंदेहुतापद कमल श्री गुरून वैष्णवांश्रीपागर सहगढ़ रघुनाथ सजीव साधुवेदूत परजन सहित कृष्ण चैतन्यम श्रीराधा कृष्ण पादान सहगड़ लिता श्री विशाखाश हे कृष्णकुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेशु गोपिका कांता, कांता नमस्ते सप्तकाचन गौरांगी राधे वृंदाश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमा कलूपा सिंधु वैष्णवेभ्यो नमो नमः जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु निनंद श्री श्रीअतुगदाधर श्रीवासागवर्द तो हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा हरे हरे हरे राम हरे राम राम राम हरे हरे राय राम भराय रामचंद्राय हरे भे रघुनाथयताय गीताये नम नम विष्णुपदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतली श्रीमते भक्ति वेदाता स्वामी जिला नमस्ते देवी हरे कृष्णा ओके हरे कृष्णा तो हम शुरू करते हैं आज की चर्चा तो कल हमने पढ़ा था कि भगवान की यूतियों के बारे में अर्जुन को बता रहे हैं उन्होंने पहले अपनी चार चार वर्णन किया तो वो कौन-कौन सी में देवों में सामवेद इंद्र इंद्रियों में मन और दूरों में उनकी चेतना तो चार ही चीजों के बारे में चार भगवान बताएंगे इनके बारे में सुनिए श्लोक में क्या बताने वसूना पावक मेरुश शिखरीनाद्राण शंकर मेरो वसूना रुद्राणाम शंकर हूं या रुद्रो में मैं शिव हूं ठीक है और क्या बोलना है रुद्रो में शिव हूं वित्तेशो क्ष रक्ष तो जो और यक्ष और राक्षस हैं उसमें मैं कुबेर हूं यानी लीडर हैं कुबेर यक्ष और राक्षसों के और खंचानी वो मतलब उसके भी माने जाते हैं वो एक तरह से फाइनेंसर फाइनेंस फाइनेंस डि डिपार्टमेंट देख ठीक है तो अगर कोई बोले शिवजी तो एक है एक तो है शिवजी तो एक है एक है शिवजी तो शिवजी एक है लेकिन शिवजी कैसे आए ग्यारह रुद्र हैं ब्रह्मा जी ने जब रुद्रों को प्रकट किया था ग्यारह रुद्रों को प्रकट किया था तो रुद्र नाम कैसे रखा था रुद्र नाम रखा था कि जब वो प्रकट हुए थे रुदन कर रहे थे रो रहे थे रो रो थे रो से रुदन करते करते क्या हुआ रुद्र नाम रखा तो उन रुद्रों में से एक शंकर हों मतलब उन ग्यारह रुद्रो में से एक शंकर यानी शिव होंगे और ग्यारह रुद्रे ग्यारह स्थान है लेकिन उसमें से एक शिव ठीक है जिनको अपन सुनते हैं बोले बाबा या शिव या शंकर वो। ठीक है और बोल रहे वसुना पावकस चाशनी वसु में मैं अग्नि वसुओं में अग्नि मेरु शिखर निम मेरु शिखर तो मेरु मतलब जो पर्वत है ना पर्वतों में में मेरू पर्वत हूँ मतलब पर्वतों में में मेरु क्योंकि मेरू पर्वत सबसे ऊंचा सबसे ऊंचा है तो अभी जो श्लोक चलेंगे ना आगे तक उसमें खाली क्या है भगवान की विभूति के बारे में बता रहा है कि इसमें मैं ये हूँ इसमें इसमें ज्यादा व्याख्या की जरूरत नहीं है पता चल रहा है ना रुद्राम ग्यारह रुद्र होते हैं रुद्र शंकर ठीक है वित्तीय अक्षर नाम से कुबेर ठीक है वसुना पावक में और मेरु शिखर नाम हम और मेरू में पर्वतों में देवी पर्वत तो बस मोटा मोटा मतलब बता रहे हैं बारे तो में फिर मैं बताऊंगा कि रुद्रा के बारे में बता तो दिए वित्ते क्या है यह सब चीजें बताऊंगा ठीक है <coughs> तो कुल मिलाकर रुद्राराम शंकराष्टमी कुल मिलाकर ग्यारह रुद्र होते हैं ठीक है मैं समस्त रुद्रों में शिव हूं यक्षों तथा राक्षसों में संपत्ति का देवता है ना फाइनेंस संपत्ति का देवता कुबेर हूं वसुओं में अग्नि हूं और समस्त पर्वतों में मीर हूं तो कुल मिलाकर कितने रुद्र हैं? ग्यारह एक नहीं है, ग्यारह रुद्र हैं। और इनमें मैं शिव हूं ठीक है इनमें से एक शिव है वो शिव मैं शिव वैसे एक विशेष तत्व है देवता में नहीं आता पुनः भगवान में आता है ठीक है विशेष कैसे है तो बताते हैं जो सदा से हैं जो वैकुंठ में रहते हैं वो विष्णु तत्व है लेकिन जब वो तमोगुण का कर संघ करते हैं तो वो शिव तत्व कह है तमोगुण का संघ करना मतलब में थोड़ा कमी आ जाती क्योंकि कम आ गया ना अंधकार तो अंधकार की वजह से जैसे किस्वामी ना धूप गोस्वामी बताया जैसे कि विष्णु कृष्ण में क्या अंतर है विष्णु कृष्ण में अंतर है कि एक मूल दीपक हो गए कृष्ण और उनसे बहुत सारे दीपक हो गए विष्णु लेकिन उन दीपक में दीपों में से एक दीपक ऐसा है जिसमें कालीमा लगी हुई है काली तो कालीमा लगी तो काली मतलब अंधकार कालीमा लगी तो काली तो के वजह से क्या है वो अपनी रोशनी पूरी पूरी प्रस्तुत नहीं कर पाए तो ये और भी दूध दही का भी एग्जाम्पल है दूध से दही आ सकता है तो दूध से दही मतलब लेकिन दही से बात दूध नहीं बन सकता दूध से दही के तीन भी बन सकता ये चीज बता रहे हैं तो शिव शिव शिव है है और जो जो हैं हैं वो वो वो विष्णु फिर उनके एक्सपेंस ना वैसे तो तो कोई लीला गादी थी, कोई गा गा ली थी ते ते पांच मिन थे पांच देवता है, है आगे क्या बोल रहे हैं ये तो समस्त में में तथा संपत्ति देवता यानी कुबेर संपत्ति का देवता है यानी कुबेर कुबेर कौन है देखिए एक विश्वस विश्वस नाम के एक ऋषि विश्वस नाम के एक ऋषि है तो उनके पुत्र है कुबेर और विश्वस जो विश्वास जो विश्वस थे उनकी एक और पत्नी थी उसका अच्छा नाम नाम याद नहीं आ रहा उसके उनसे मतलब उत्पन्न हुए थे विभीषण रावण और वो क्या नाम है तो वाले का नाम पर्णी पर्णी पर्णी कुंकर तो देखा जाए भाई भाई कुबेर और रावण भाई भाई इस तरीके से दो हाँ दो पत्नियां थी एक मतलब वो क्योंकि देवता बड़ा लीक पड़ गए वह ऐसा था कि देवता बड़े भीग पड़ेगा सब असुर पा रही थी, न, थी। तो देवता में बड़ा शक्ति है बड़ा यह है फिर कह रहा है ऋषियों बड़ा ताकत होती है मतलब तो उनकी कोई असुर में कोई किसी की कन्या थी मतलब पुत्री थी सर किसी की तो वो कहते कि तुम जाओ और ऐसे विश्व ऋषि है तो उनको मतलब उनको प्रसन्न कर दो मतलब जब वो कुछ घर मांगने को बोले तो तुम मांगना के मैं पति के रूप में स्वीकार करना चाहती हूँ फिर पुत्र मतलब तो हमारी क्योंकि तुम राक्षस नहीं हो और उनसे जो पुत्र आएंगे तो वो बेस्ट आएंगे क्योंकि असुर से असुर आएंगे तो वो बेस्ट नहीं आएंगे लेकिन कोई देवता आ जाएगा ना तो वो बेस्ट आ जाएगा तो हम लोग पावरफुल हो जाएंगे गलत मंशा से। तो तो सेवा करिए गीत गाये सुंदर गाये खूब तो मतलब लास्ट में आपने पूछ ली की क्या चाहिए आपको क्या चाहिए आपको तो कह रहे हैं बस मेरी तो है कि मैं हमेशा की सेवा करूँ आप फिर पति के रूप में स्वीकार करना चाहिए तो कर तो फिर पति के रूप में स्वीकार करना चाहती तो फिर क्यों पुत्र चाहिए आपसे तो अच्छा फिर वो ध्यान लगाते हैं अच्छा ये उस है, है, उसकी पुत्र तो तो नहीं कर सकता लेकिन याद रखना क्षमा मांगती है तुमने भेज दिया ऐसा नहीं मैं तो जिस तरीके से आया मांगती है तो फिर ऋषि मुनि तो कृपा होते हैं तो कहते ठीक है ठीक है तो फिर एक विभीषण आते हैं जिसमें देवता की क्वालिटी बाकी सब असुर आते हैं जब रावण आया था बता रहे थे कि गधे रेंक रहे थे मल मूत्र बरस रहा था ये सब चीजें हो रही थी गधे मतलब बिल्कुल बिल्कुल बैड नेचर था उस था उस टाइम पे वो तो तो दूसरी पत्नी से थे भाई रह से और बताते हैं कि कुबेर के दो पुत्र भी थे क्या नाम था कुबेर के पुत्र तो हाँ मणिग्री मणिग्री तो पता ही है सबको तो सरोवर में नहा रहे थे के तो फिर नारद नारदी आई तो बिल्कुल शरण नहीं आई लज्जे तो तो है। है हैं मतलब करोगे है तो, तो, तो, तो फिर उन्हें फिर कहते हैं फिर क्षमा मांगते हैं कि हम कुबेर के हम देवता है उसके हैं तो क्या ठीक है अब आपका उद्धारण तो स्वयं भगवान ही कर सकते तो फिर भगवान आते हैं और फिर उखल लीला में उद्धार करते हैं ठीक है आगे क्या कह रहे हैं वस्तुओं अग्नि वसुओं में अग्नि वसु कौन है आठ वसु में देखो आठ वसु होते हैं तो आठ वसु में से एक वसु का नाम है वो पितामाष बनते हैं महाभारत सुनते हैं एक वसु। भीषु के आ रहा है कैसे जैसे बताते हैं कि वहां पे कौन से मुनि थी जिनके पास गाय थी मुनि का नाम याद सुन बहुत सुंदर गाय थी तो वो जो कि और गाय शायद ना? उनके हाँ, उनके पास की हमारे लिए ना तो फिर वो मतलब वसु थे ना मतलब चोरी करके ले आते तुमने पता चले चोरी करी तो वो सारे वस्तुओं को शराब दे देते हैं आठ के आठ भाई सात पहुँचाते हैं हमें क्यों दे दिया हमने क्या किया मान लो हमारे से नहीं। लेकिन हमने तो नहीं किया तो कह रहे ठीक है ठीक है आप सब लोग जन्म तो लेंगे क्योंकि हमने बोला जिसने वो कराया था वो गंगा और जो था जो विश्व वसु थे ये किताब इनको लंबे टाइम तक रहना पड़ेगा क्यों क्योंकि तो इन्होंने भी था। तरीके था। तो इस तरीके से कथा आती है तो जो विश्व वसु है वो आगे चल के भीषमण रहते तो आठ वसु में अग्नि में तो आठ वर्षों में भगवान अग्नि है कि जो स्पेशल गुण हैं वो मैं हूं ना तो देखो अब पृथ्वी जल अग्नि है सहन really? तो तो कर लोग really? को।, को कर लोगे और पानी को भी कर लोगे अग्नि को कर लोगे अग्नि को अगर थोड़ी चिंगारी भी लग जाए तो क्या होता है मान लो तो अग्निभाग के अंदर लग सकते हो बर्फ में फिर भी रख सकते हो और बर्फ में इतना ज्यादा मतलब डालोगे कैसा है कुछ बिगड़ेगा नहीं ज़्यादा अग्नि में लगा दो तुम तो अग्नि बहुत मैन पावर फुल इसलिए अग्नि है और क्या कह रहे हैं समस्त पर्वतों में मैं मेरू हूँ समस्त पर्वतों में मैं समस्त पर्वतों में मेरू तो इसमें बता रहे देखो पर्वत कई टाइप के होते हैं लेकिन फिलहाल जो पर्वत होते हैं वो पर्वत क्या होते हैं कि ऊंचे कम होते हैं लेकिन फैले होते हैं मतलब ऐसे ऐसे होते हैं ऐसे ऐसे फैले होते हैं लेकिन जो मेरू पर्वत है वो सीधा ऐसे ऊपर गया और सीधा ऊपर गया है और पता कितना बड़ा है इसमें बताते हैं एक लाख योजन एक लाख योजन लंबा हाँ है, है।, है। मेरू पर्वत को स्वर्ण पर्वत भी बोलते हैं और वहाँ इतनी अच्छी अच्छी वस्तुए हैं चीजें हैं सोचो सोने का पर्वत होगा तो कैसे होगा और सोने पर्वत में जो टॉप पे है ना खत्म होता है वहां अमरावती है मतलब इंद्र की राजधानी उसके ऊपर है उस माउंटेन के तो सोच के देखो कितने ऊपर है एक लाख योजन है यहाँ से माउंटेन पर्वत यहाँ से नहीं एक लाख योजन ऊंचा है मतलब माउंटेन पर्वत जो है ना स्वर्ण पर्वत में, तो में बारह किलोमीटर हो गया किलोमीटर हो गया कितना किलोमीटर बारह लाख अब बारह लाख ऊपर चले जाओ तो कहाँ बन जाएंगे केंद्र के मतलब सोच के देखो ना ऊपर ऊपर जाते जाओ पृथ्वी से निकल जाओगे पृथ्वी से निकल और ऊपर चले जाओगे कोई पर्वत नहीं इस तरीके से ठीक है तो ये सारी जो भी चीज है और बता रहे की इसमें रुद्र में शिव हूं यानी शंकर शिव तो एक ही है और शिव है जो इनके अंदर सदाशिव का है। है जो चार बजा वाले कुबेर हैं, ठीक है तो कुबेर रावण का भाई था बता दिया मैंने और सारा कुछ बता ही दिया ठीक है ओके। ये का कोई सोरा है क्या ये सो के सुना जा रहा है रजाई में है। रजाई में तो है ग्यारह रुद्रो में शंकर या शिव प्रमुख है ठीक है वे भगवान के अवतार हैं जिन पर ब्रह्मांड के तमोगुण का तो भगवान ने तमोगुण का भार किसको को दिया शिव को दूर और तमोगुण का भार मतलब बहुत वो रखता है मतलब काफी डिफिकल्ट वर्क है मतलब एक तरह से शिव के क्योंकि जो भी डिफिकल्ट वर, वर्क होते हैं ना हार्ड वो किसको देते हैं शिव को देते हैं जैसे कि जाओ मायावाद का प्रचार करूं मैं मैं तो आपका भक्त हूं मतलब भक्त हूं राम राम करता हूं मैं अपोजिट कैसे जा सकता हूं आपसे नहीं आदेश है तो आए ना शंकराचार्य बन के क्या बोला निराकार है भाई निराकार है सब लोग खुश हो गए तो निराकार है ये तो सुनना चाहे थे निराकार है और सब लग जाते हैं तो बताते ऐसा क्यों किया उन्होंने क्योंकि छठनी कर थी मिक्स हो गया थे शुद्ध भक्त कौन है भक्त कौन है कौन क्या है कैसे है तो कैसे करें चले? बाकी चिल्ला दो निराकार निराकार जो निराकार, निराकार, निराकार, निराकार सब आ, तो आ जाएंगे जो निराकार नहीं मानते वो छठनी करने के लिए एक देव की पुत्री मतलब एक ही शास्त्रीतम एक ही मंत्र है हरे कृष्ण महामंत्र हरे नाम हरे नाम ये शंकराचार्य लिखे गए लेकिन फिर भी शंकराचार्य के जो नहीं मानते हैं कुछ और बता देते हम आगे थे और हम क्या हाँ और कुछ लोग इस श्लोक से बोलते देखो भगवान ने बोला ना हमने बोला था कि शिव बाबा ने बोली गीता कहाँ लिखा है ये लिखा है क्या लिखा है रुद्रो में मैं शिव हूँ शंकर हूँ बोला ना अरे रुद्रो में शंकर हूँ पर ये तो नहीं बोला कि मैं शंकर हूँ और मैं बोल रहा हूँ ऐसे तो भगवान नहीं बोल रहे की मैं परमात्मा रूप में सबके हृदय तो में हूँ तो परमात्मा ने बोली अभी परमात्ता ये कि मैंने बोली और छोड़ो अगर हम इसी श्लोक को ले लें उनके हिसाब से तो इसमें तो ये भी कह रहे हैं भगवान कि वित्तेषा यक्ष मतलब और मैं कुबेर तो ये कुबेर ने बोली फिर फिर तो वसु ने बोली वसुना चाशनी वसु नाम शंकर चाशनी तो ये नहीं है भगवान साले खाली अपनी बता रहे हैं और कुछ नहीं बता रहा ओके तो तमगुड़ का भारत शिव जी दीपक है ये मैंने बता दिया आपको ठीक है की वो काले मतलब काले दीपक वो धारण करते हैं तो इसलिए कुबेर है के हैं, जो देवताओं के कोषाध्यक्ष तथा भगवान के प्रतिनिधि है और मेरू पर्वत अपनी समृद्ध संपदा के लिए तो इसमें कुछ ज्यादा टीका है नहीं आएंगी ज्यादा प्रपट बड़ा बड़ा नहीं आएगा क्योंकि तो सर अपनी विभूतियों को बता रहे हैं तो वो विभूति कैसे है उसको थोड़ा एक्सप्लेन कर करके बताएंगे कि जैसे में होता ना कुबेर कैसे आए ठीक है और शिव कैसे आए मतलब तो ये थोड़ी थोड़ी चलती है तो कुबेर है देवताओं के तो है ना देवताओं में राजा इंद्र है लेकिन उनके अब अगले श्लोक में आएगा ना देवताओं के जो पुरोहित है ना देवताओं में बृहस्पति छोटे छोटे से लोग चलेंगे ना तो थोड़ा मथुरा जो महात्मा चल रहा है ना उसकी डिस्कस कर लेते हैं ना साथ में ना थोड़ा थोड़ा दिखाई दे रहा है सबको देखो ये मथुरा महात्मा है जिसमें मथुरा की महिमा बताई गई कि मथुरा जो धाम है वो स्पेशल है क्या मतलब क्यों स्पेशल है क्या क्या चीजें हैं क्या क्या खासियत है, तो है तो चैप्टर बाय चैप्टर है तो इसमें थोड़ा सा पढ़ेंगे मथुरा महात्मा थुरा आप ही वो है जो भक्ति प्रदान करने की कृपा करती है और अत्यंत शुभ है आपको मेरा साधन प्रणाम है तो मथुरा मधुरा प्रणाम कर रहे हैं कि आप तो भक्ति प्रदान करती हैं है धन्य संघे तेमुदा धन्यानम हृदया में से सबसे सर्वश्रेष्ठ मथुरापुरी की यह मथुरा है एवं बड़े प्रेम से एकत्रित की गई है यह महिमा सभी सौभाग्यशाली व्यक्तियों के हृदय को आनंद प्रदान करने वाली है अध्याय एक यहां से शाह अध्याय का नाम क्या है मथुरा पाप नष्ट करती है यानी कोई पापी तापी धापी कोई भी हो करती करती किस तरीके से है थुरा मंडल परिधि में बीस योजन है एक योजना कितना बताया था मैंने बारह किलोमीटर बारह किलोमीटर तो बीस दिया बारह किलोमीटर बीस में इंटू बीस इंटू बारह करना तो दोस्तों कुछ हो जाएगा ना तो पूरा मथुरा मंडल जो तो भी वहाँ कहीं भी स्नान करता है वो हर पाप से मुक्त हो जाए सिर्फ स्नान करने से और हम जाके क्या सबसे ज्यादा कष्ट पड़ता है स्नान करना ही जब भी हम जाते हैं धाम तो हम क्या टेंशन रहती है सबसे ज्यादा सुबह स्नान करने के प्रयत्न सुबह स्नान करने जो जहाँ कहीं भी ना रहा हो मतलब यमुना में ना रहा वो और अच्छा लिखने लगता है वहाँ भी ना रहे हो ना वो भी तो पानी तो वहीं से आ रहा है तो, नाती हाँ तो लेकिन हाँ लो एक बारी तो नाते हैं, हम लोग एक बार भाई स्नान करना, सारा को फिर क्यों तो को भी करना चाहिए स्नान तो। करने की पानी बैठने की बात नहीं करेगी स्नान करने का मतलब ये सुबह कर लिया अब शाम को कर लगे स्नान और क्या बोल रहे हैं आगे पदे पदे तीर्थ फलम मथुराया वसुंद तत्र तत्र ना तो मुचते मतलब हर एक पग जो मथुरा में लिया जाता है वो समस्त संसार के पवित्र तीर्थों के दर्शन के फल के समान जितने भी तीर्थ हैं उसमें दर्शनों के जो फल मिलते हैं वो सिर्फ पग पग, पग कोई मथुरा चलता है उससे मिलता है रेखा नहीं बोला गया है पग बोला गया है मतलब पैदल आप समझा मथुरा की अपनी मेहमा आप फिर भी ना जा पाए तो ये हमारा दुर्भाग्य है पास में तक जरूर नहीं और बोल रहे हैं हे भूमि देवी कोई भी मनुष्य जो मथुरा में स्नान करता है वो किसी भी, से नहीं तो भी कुछ नहीं मथुरा तो में ग्वालियर में तो उतर के प्रणाम करना क्योंकि मथुरा में टच तो करना चाहिए तो बताते हैं कि जो लोग पहले पैदल होते हैं पहले गाड़ी वाड़ी वगैरह नहीं होती थी पहले तो पहले पैदल चलते थे तो यही होटल से ही लग जाता है पूरा मधुरा धाम तो होडल से लेकर आगे तक लगा रहता है तो कितने घंटे चलता होगा पैदल मान लो दो घंटे तीन घंटे मथुरा पाप घातनी मतलब हे देवी मथुरा नगरी आधार लोगों को भी नर्क के दुख से बचाकर उनका उद्धार करती है जो तो अधार्मिक है धार्मिक नहीं है और सभी पापों से उनको तो मुझे लग रहा है कि अभी छोटे छोटे श्लोक चलेंगे तो साथ में ये भी करा लेंगे ना है ना मथुरा की महिमा है ना तो इससे क्या है मन हो जाएगा मथुरा में जाने का तो मन हो जाएगा मथुरा में रहने का दो चीजों का मथुरा प्राप्त मनुजो मुते सर्वृत कृतघ् मदिरा पान करने वाले चोर और अपने व्रत को भंग करने वाले सभी प्रकार के पापी व्यक्ति मथुरा में प्रवेश करते क्षणि अपने पापों में करें तो? तो वहाँ जाके ना करें कह रहा है जो कर रहे हैं सब वहां जाके पाप से मुक्त तो हो अब वो तो उनके लेकिन मथुरा का प्रभाव ऐसा है तो एक बार भक्तों के संग में जाएंगे नाग तम धृष्टाम यथा यथा सर्पा मेघाइवा तत्व ज्ञान यथा दुखम सिंगम दृष्टा पापानि क्या और जैसे हिरण शेर को देख कर भयभीत हो जाता है उसी प्रकार सारे पाप मथुरा के एक दर्शन मात्र से नष्ट ठीक है पेज नंबर याद रखना श्लोक है आठ ओके हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, जगत श्री नवरोपाधि की जय श्रीमद की जय मित गौर प्रमा